नमस्ते मित्रों स्वागत है आपका एक बार फिर से और आज आ, सबसे पहले आ, सभी दर्शकों को परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और हम सब आ, अच्छे आ, कर्म योगी बने इसी के साथ आ, आप सबसे हार्दिक प्रार्थना है कि आप जय श्री कृष्णा लिख नमस्ते मित्रों लगता है थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको हम थोड़ा रिजॉल्व कर लेते हैं एक बार फिर आगे बढ़ते हैं दो मिनट दीजिए नमस्ते मित्रों स्वागत है आपका एक बार फिर से और एक और सप्ताहांत में और इस बार सबसे पहले तो आप सभी को परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से प्रार्थना है कि हम आप सभी लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक आगे तक इस, इसको पहुंचाएं और हम चाहेंगे कि युवा पीढ़ी से ये प्रश्न किया जाता है कि आपने अपने ग्रंथ पढ़े हैं क्या तो ये ये सीरीज़ जो है जो हम लेकर आए हैं ये स्पेसिफिकली इसीलिए है कि अधिक से अधिक जो युवा पीढ़ी है वो भगवद्गीता को के के जो पाठ हैं इनमें हमारे साथ जुड़ सके और हम हमें प्रसन्नता होगी अगर आप इसे अधिक से अधिक युवा पीढ़ी में शेयर करें ताकि वो लोग भी अपने सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं उनको पहचान सकें और उन्हें दूसरे जो विधर्मी लोग हैं जो भटकाते हैं वो उस भटकाव से बच सके तो वो जो प्रश्न उन सब के मन में उठते हैं उन प्रश्नों के उत्तर सनातन के जो शास्त्र हैं उन्हीं में मिल सकते हैं तो उन्हीं में से एक श्रीमद् भगवद गीता भी है तो यही प्रार्थना है कि आप सभी अधिक से अधिक लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और आगे से आगे इसे पहुँचाएँ तो अभी जितने भी आप लोग जुड़े हैं आप अधिक से अधिक चैट कम चैट सेक्शन में जाके सबसे पहले अपने जो भी आपके इष्टदेव हैं उन सबका जय जै, जयकारा जरूर लिखें जैसे जय जै श्री कृष्णा जय श्री राम जो भी आपके इष्ट देव हैं उन सबका आप लिखें तो अब प्रारंभ करेंगे ईश्वर की ईश्वर वंदना के साथ शांताकारुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृश मेघवर्णम शुभांगं लक्ष्मीका कमलनयन योगिबेदागम्य वंदे विष्णुहरम सर्वोकनाथम यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरु स्तुनती दिव्य स्तवे वर्दे सांग्रमोपनिषदे गार्यंति यम गारयती यदत्न मनस पश्यती ये योगिनो यशन न विदुसुरा सुरगणा देवाय तस्में श्री परमात्मने नमः अथ तृतीयो ध्या अर्जुन उवाच ज्यासी चेतकर्मणस्ते मुद्धिर्जनादन तत्कर्मि घोरेजयसी केशवि व्यामीश्रेण वाक्य बुद्धि मोहयसी व मे तदेकं तदेक वश्चित येन श्रेय आम श्री भगवाच पुरा प्रोक्ता मैयाघ नानगेन सांख्या कर्मयोगिना न कर्मण मनारकर्म पुरष्ते न संयसनाद नचसन्यसा, सिद्धि समिग्छति नी क्चि क्षणमी जातुतिषत्कर्म कर कार्यते यवश कार्य ते यति तो अब आगे बढ़ेंगे और इस बार से इस सप्ताह से हम दोनों दिन आएंगे अः सैटरडे और संडे शनिवार रविवार दोनों दिन आपके सामने आएंगे शनिवार प्रातः साढ़े नौ बजे और रविवार प्रातः सवा आठ बजे तो और जो दस श्लोक हम हर सप्ताह में कवर करेंगे पांच सैटरडे को और पांच संडे को तो अब अब हम इसका जो अनुवाद है ट्रांसलेशन है वो हम पढ़ेंगे इन्हीं पांच श्लोकों का तो चलिए चलते हैं लोड कर लेते हैं वापस पांचों श्लोक और हाँ आपके मन में प्रश्न जरूर आया होगा थंबनेल देख के कि ये कैसा प्रश्न है कि हमने प्रश्न किया तो क्या कर्म करना छोड़ दें तो जो भगवदगीता का तृतीय अध्याय ये पूरा इसी में विश्लेषण है तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा इस पूरी प्लेलिस्ट में आज इसका प्रथम भाग है तो इसका जो अंतिम वीडियो होगा वहां तक आप हमारे साथ बने रहिएगा तो आपको इस प्रश्न का उत्तर आशा है मिल जाएगा तो आगे बढ़ते हैं और आज का अनुवाद देखते हैं अभी अर्जुन अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच अर्जुन बोले क्या बोले अर्जुन अर्जुन बोल रहे हैं तो अभी जो द्वितीय अध्याय में हमने देखा था कि भगवान ने एक सांख्य सांख्य योग बताया था और साथ कर्म योग की भी थोड़ी व्याख्या वहां पर भगवान ने की थी तो अब सारांश में यहाँ पे कर्म योग को भगवान आगे डिस्कस करेंगे इस सेक्शन इस चैप्टर में तो अर्जुन बोले अब अर्जुन के सामने जब भगवान ने बताया कि कर्म करना उचित होता है और सांख्य में ऐसा सारी बात जब बताई तो अब अर्जुन के मन में कुछ प्रश्न उठे तो अर्जुन पूछ रहा है जायसी चेतकर् मणसते अर्जुन आच अर्जुन ने कहा अर्जुन ने कहा अर्जुन ने पूछा जायसी श्रेष्ठ यदि कर्म सकाम कर्म की अपेक्षा ते तुम्हारे द्वारा मता मानी जाती है बुद्धि जना, जनार्दन हे कृष्ण तो अर्जुन जी कह रहे हैं हे कृष्ण श्रेष्ठ यदि कर्मण सकाम कर्म की अपेक्षा तुम ज्ञान को अगर श्रेष्ठ या बुद्धि को अगर श्रेष्ठ कहते हो तत अतः किम क्यों फिर कर्मणि कर्म में घोर घोरे भयंकर हिंसात्मक माम मुझको नियोजसी मुझको नियुक्त करते हो हे केशव हे कृष्ण यदि हे जनार्दन हे केशव यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं अगर आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझे इस घोर कर्म में क्यों घोर युद्ध के कर्म में क्यों लगा रहे हैं तो और व्यामि श्रेणी वाक्य ने व्यामि श्रेणी व मिश्रेण अर्थात मिश्रित वाक्यों को बोल के आप मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हैं यही भगवान यही अर्जुन जी कह रहे हैं अगेन व्यामिश्रेण अनेकार्थक इव मानो वाक्यन अनेकार्थक मिश्रित वाक्यों के साथ आप बोल के बुद्धिम मेरी बुद्धिम मोहयसीव मोह रहे हो आप मेरी बुद्धि को मिश्रित वाक्यों को बोल के मोह रहे हो ये अर्जुन आगे कह रहा है एकम इव मानो में मेरी तत् अत अत एकम एकमात्र वाद कहिए निश्चित निश्चय करके ये जिससे श्रेय वास्तविक लाभ अहम मैं आप सकू तो तो मित्रों इसका इस श्लोक का पूरा अर्थ बताऊं उससे पहले एक अभी अभी दिमाग मतलब मेरे मस्तिष्क में एक एक बात आई है उसे मैं जरूर रखना चाहूंगा कि देखिए कितनी कितनी सुंदर बात है सनातन के शास्त्रों में एक एक मुमुक्षु अर्जुन एक मुमुक्षु है वो भगवान श्री कृष्ण से किस तरह के किस तरह से बात कर रहा है आप खुद सोचिए ये क्या वार्ता है अर्जुन कह रहा है कि आपने मेरे को जितना कुछ बताया मेरे को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा सीधा ये क्या आप इसकी कल्पना किसी और पंथ में कर सकते हैं कि कोई इस तरह से प्रश्न करे कि आपने मुझे कुछ भी बताया मुझे कुछ समझ में नहीं आया अगर ऐसा कहें तो समझ सकते हैं आपने क्या तो इसीलिए सनातन श्रेष्ठ है क्योंकि यहाँ पे प्रश्न करने की और उनके उत्तर पाने की आजादी है आजादी या कह लें कि स्वतंत्रता है आजादी इज उर्दू वर्ड तो स्वतंत्रता है तो यहाँ पे अब इसका देखिए अर्जुन किस तरह अर्जुन की पूछने का जो जो तरीका है वो क्या है देखिए आपके व्यामिश्रेणी अपन कहते हैं ना अपने बड़ों से जब टीचर से भी स्कूल में कहते हैं कि मैडम हमको कुछ भी समझ में नहीं आया आपने क्या गोलमोल बातें की है तो अर्जुन भी वही कह रहा है कि भगवान आपने सब गोलमोल कर ली मेरे को कुछ समझ में नहीं आया वापस समझाओ तो अर्जुन यही कह रहे हैं आपके व्यामिश्रित अनेक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे कुछ एक बात बताइए जो श्रेयस्कर हुए दोनों में वो मुझे बताइए तो ये अर्जुन ने कहा है और कितने कितने कितने अच्छे तरीके से कहा है आप देख पा रहे हम आप मुख कह रहा है कि मुझे आपने बहुत अः बहुत चिकनी चुपड़ी बातें की और बहुत गोलमोल किया है लेकिन अब मुझे उसमें से कुछ समझ में नहीं आया तो आप तदेकम व्य कोई एक बात मेरे लिए कहिए जो मैं अच्छे से समझ सकूं तो ये अर्जुन कह रहे हैं अभी आगे बढ़ते हैं श्री भगवान अब श्री भगवान उवाच अर्थात कृष्ण भगवान स्वयं उवाच कह रहे हैं लोके अस्मिन् विविधा लोके स्मिन द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनघ नान योगेन ख्याना कर्म योग योग तो भगवान कह रहे हैं हे निष्पाप अर्जुन मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं एक वे जो ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तथा दूसरे वे जो भक्ति योग द्वारा भक्तिमय सेवा के द्वारा अपना कर्म करते हैं तो ज्ञान योग के द्वारा सांखी सांख्या नाम जो जो ज्ञानी योग हैं ज्ञानी लोग हैं जो ज्ञानी पुरुष है वो ज्ञान योग के द्वारा भगवान की प्राप्ति की का प्रयत्न करते हैं और जो दूसरे हैं कर्म योगेन कर्म योगेन योगी नाम कर्म योगेन का अर्थार्थ है जो अपने कर्म को भी ईश्वर के चरणों में अर्पित करके कर्म को ईश्वर के चरणों में अर्पित का अर्थ द्वितीय अध्याय में हम बता चुके हैं इसका अर्थ ये है कि अपने कर्म तो करना ही हमें लेकिन उसकी फल की इच्छा नहीं करनी है फल के जो भी फल मिलेगा उसको ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हुए करके आगे बढ़ जाना है और तो वही भगवान यहाँ पे कह रहे हैं और यहाँ पे ये यह इस्कॉन की भगवत गीता का है तो इसलिए आपको यहाँ पे भग, भक्ति योग के द्वारा योगी नाम भक्तों का तो इस तरह से लिखा हुआ मिल रहा है पर एक्चुअल में भगवान स्वयं यही कहना चाह रहे हैं कि आप दो तरह के लोग हैं कर्म योगी या सांख्य योगी या ज्ञान योगी जो ज्ञान योगी है वो सांख्य के द्वारा भगवान को प्राप्त करने की का प्रयत्न करते हैं और जो कर्म योगी है वो कर्म के द्वारा अपने कर्मों के फल को ईश्वर के चरणों में समर्पित करके आगे बढ़ने का नाम ही कर्म योग है तो उसके द्वारा प्रयत्न करते हैं तो ये श्री भगवान अर्जुन को कह रहे हैं न कर्मणा अनारभा नैषकर्म पुरुषोष्णुते न नहीं कर्मणाम नियत कर्मों के अनारंभात न करने से नैषकर्म कर्मबंधन से मुक्ति को पुरुष मनुष्य अश्नुत प्राप्त करते हैं न नहीं ची सन्यत सन्य त्याग से एव केवल सिद्धिम सफलता समझिगछति प्राप्त करते है करता है तो भगवान यहां कह रहे हैं कि न तो कर्म से विमुख हुआ व्यक्ति कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल सन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल सन्यास से सिद्धि प्राप्त हो सकती कर्म से विमुख होना अर्थात कर्म करना ही नहीं अरे यार कर्मों का तो फल मिलेगा और ये होगा वो होगा इस तरह से सोच के जो कर्म करना ही छोड़ देता है तो उसके लिए भगवान कह रहे हैं कि वो भी मुक्ति नहीं पा सकता तो जो ये सोचते हैं कि यार कर्म का तो फल मिलेगा और उससे बंधेंगे और वो सारी बात तो भगवान कह रहे हैं कि कर्म तो आपको करना ही है फल को ईश्वर के चरमों में समर्पित करके आगे बढ़ो ये भगवान कहना चाह रहे हैं और न केवल सन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती सन्यास, सन्यासनाथ त्याग से एवं एवं केवल सिद्धिम सफलता प्राप्त करता है अभी अगला पांचवा श्लो, श्लोक जो है वो आएगा नहीं न, न ही कश्चि क्षण अभी जातुतिषत्यकर्म कृत कार्य तेवश कर्म सर्व प्रकृति गुणे न नहीं ही निश्चित ही कच्चित कोई भी क्षण छन्म, क्षण छन्म, क्षण क्षण मात्र अभी भी जातु किसी काल में भी रहता है अकर्म कृत बिना कुछ किए हुए कार्यते करने के लिए बाध्य होता है ही ही निश्चय अवश्य विवश होकर कर्म कर्म सर्व समस्त प्रकृति जय प्रकृति जय प्रकृति के गुणों से उत्पन्न गुणाय गुणों के द्वारा तो भगवान कह रहे हैं प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना ही पड़ता है अतः कोई भी, भी क्षण अकर्मण्य नहीं हो सकता बिना कर्म किए नहीं रह सकता अकर्मण्य अर्थात बिना कोई मतलब कर्म कर ही नहीं रहा कोई ऐसा हो ही नहीं सकता भगवान यहाँ पे ये कह रहे हैं तो ये थे आज के पांच श्लोक और इसमें जो मुख्य मुख्य जो भगवान जो समरी या जो निकल के आती है बात वो ये है कि भगवान अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि दोनों में से श्रेष्ठ क्या है कर्म योग श्रेष्ठ है यानी कि एक कर्म योगी श्रेष्ठ है या ज्ञानी श्रेष्ठ है और आपने पिछले अध्याय में जो जो बातें गई है उससे मैं एक उसकी एक कोई निश्चित करके कोई बात मुझे समझाई कि दोनों में श्रेष्ठ क्या है तो ये प्रश्न था और इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन कर्म योग जो जो कर्म ऐसा नहीं है कि कोई कर्म कर मतलब बिल्कुल कर्म करना छोड़ दो और कर्म मत करो तो भगवान ये भी नहीं कह रहे कि कर्म एकदम छोड़ दो और भगवान ये कह रहे हैं कि आप कर्म के फल को ईश्वर के चरणों में समर्पित करके आगे बढ़ो यही भगवान यहाँ पे भी कह रहे हैं और ऐसा हो ही नहीं सकता कि, कि किसी भी क्षण एक क्षण के लिए भी कोई व्यक्ति बिना कर्म किए रह सके ऐसा भी नहीं हो सकता और मित्रों यहाँ पे कर्म भगवदर्थ कर्म का भी एक तात्पर्य हो सकता है और एक तात्पर्य जो कर्म हम लोग अपने निजी जीवन में करते हैं वो सभी कर्मों के लिए भी भगवान यहाँ कह रहे तो और जैसा कि द्वितीय अध्याय में था कि जो जिसका इंद्र जिस इंद्रिय से जो बंधा हुआ है वो उसी उसी इंद्रिय के बारे में उसी इंद्रिय की वासना के बारे में सोचेगा और उसी में कर्म उसी से रिलेटेड जो कर्म है उनको करने के लिए प्रेरित किया जाएगा माया द्वारा हरा जाएगा और उसके तरफ खींचा जाएगा और वो उस तरह से कर्म करेगा उसकी कामना को पूरा करने के लिए कर्म करेगा लेकिन वही कर्म यदि हम उस कर्म के फल को ईश्वर के चरणों में समर्पित करके ये कह के करें कि भगवान आप इसका जो भी फल है वो आप देंगे आपके ऊपर है हमारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है और हम वही कर्म करेंगे तो यही बात भगवान ने अर्जुन को समझा रहे हैं अभी इसका जो अगला जो पार्ट है जिसमें कि हम दोहा संख्या श्लोक संख्या छह से दस पढ़ेंगे वो हम कल आपके लिए लेकर आएंगे और कल ही हम जो इस बार का प्रश्न था उसका भी उत्तर अवश्य कल हम आपको बताएंगे तो आज के लिए इतना ही हमारे साथ बने रहने के लिए हृदय से धन्यवाद एक बार पुनः भगवान परशुराम जी की जय और उनके जन्मोत्सव पर उनके जन्मोत्सव पर हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को और एक बार पुनः जय श्री कृष्ण जय श्री राम जय शिव शंकर जय भोलेनाथ जो आपके इष्ट देव हैं सबका जयकारा एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और लाइक like करें शेयर करें हमारे जो फेसबुक पेजेस हैं उन पे भी अधिक से अधिक आए फेसबुक और सभी मीडिया, सोशल मीडिया पर जहां पे भी हमारे पेजेस हैं उनके लिंक हम देते हैं तो वहां पे भी आप आए और इसी के साथ आज का सेशन यही इतिश्री करते हैं संपन्न करते हैं जय हिंद भारत माता की जय वंदे मातरम